आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है साथ ही आज बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे एमोम सुबुलिटम जिनजीवृषि का ये प्लांट है इसके अंदर नीचे पाए जाने वाले राइजोम के माध्यम से इसका प्रोपिगेशन किया जाता है हाईली मेडिसिनल प्लांट है कफ़ और वाथ डिस के लिए वीटेटेड कफा और वाता डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए आप इसके पत्र इसके फूल और इससे आने वाली जो फ्रूट होती है जिसको आप बड़ी इलायची कहते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं बड़ी इलायची से निकलने वाले दाने का उपयोग ब्रोंकाइटिस अस्थमा और निमोनिया की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है साथियों बड़ी इलायची को आप गर्म तवे के ऊपर डाल दीजिए और इससे फिर आप इसके बीज एक्सट्रैक्ट करके पाउडर बना लीजिए और उसको फिर शहद के साथ दिन में दो से तीन बार अगर आप सेवन कराते हैं तो ब्रोमकाइटिस की अस्थमा की और रेस्पिरेशन या सांस लेने में अगर समस्या हो रही हो बच्चा बूढ़ा जवान किसी भी एज का व्यक्ति हो इसको ले सकता है पूरी तरह से ये सेफ़ है वात के कारण कई बार शरीर में दर्द होता है और उसकी समस्या के लिए निराकरण के लिए इसी तरह से आप उसका भी सेवन कर सकते हैं दिखने में ये सुंदर फूल जो आपको दिख रहे हैं इनका आप इन्फ्यूज़न बना कर सेवन कर सकते हैं इन्फ्यूज़न बनाने के लिए गर्म पानी के अंदर आप इनको इकट्ठा करके डाल दीजिए और इसको फिर ढक दीजिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको 10 से 15 एम एक बार में सेवन करना है 10 से 15 एम जब आप इसका सेवन करेंगे तो ये डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और हाइपरटेंशन की अगर समस्या हो उसको भी ये दूर करता है इन्फ्लोरेशन्स क्योंकि हर मौसम में नहीं आते हैं तो इसके एक पत्र का इन्फ्यूज़न बना कर, आप सेवन भी कर सकते हैं आप फूलों की जगह इसके पत्र का इन्फ्यूजन भी अगर लेंगे तो इनमें भी वही औषधिय गुण होते हैं ये डायरिया और डिसेंट्री की समस्या को दूर करता है गर्मियों के समय होने वाले हेडेक जिसको सर का दर्द कहते हैं डिफेल्जिया उसको दूर करता है अगर न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हैं, नसों में या मांसपेशियों में दर्द है तो इसके पत्र का पेस्ट बनाकर पुलटिस बनाकर बांध देना चाहिए नसों के दर्द को और मांसपेशियों को दर्द को दूर करता है वात जनित रोगों के लिए रामबाण औषधि है कफ़ और वात जनित रोगों के लिए कई बार हम लोग हैवी फूड आइटम्स बनाते हैं या फिर ऐसे आइटम्स बनाते हैं जो हमारे शरीर की वात को बढ़ा सकते हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जैसे कि आप छोला राजमा कढ़ी इस तरह के अगर उत्पाद घर में बना रहे हैं खाद्य सामग्री अपने घर में बना रहे हैं तो आप ज़रूर बड़ी इलायची का उपयोग कीजिए ताकि ये बात को रेमीडिएट कर दे और दूर कर दे और आप इसको सावधानी से आसानी से ले सके फिर ये क्या करता है की डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देता है ये अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है और वात को शरीर में बनने नहीं देता है मित्रों भूख को बढ़ाने के लिए अपच को दूर करने के लिए गैस्ट्रिक फायर को बढ़ाने के लिए आप बड़ी इलायची का डिकॉक्शन बनाकर सेवन कीजिए आवश्यकता अनुसार उसमें शहद आप मिला लीजिए बहुत अच्छा ये कार्य करते हुए आपकी भूख को बढ़ाएगा लीवर को डिटोक्सीफाई करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है ब्लड को प्योरीफिकेशन का भी ये कार्य करता है जिनजीब्रेसी का ये मेंबर है हाईली मेडिसिनल है इसके नीचे पाया जाने वाला जो ट्यूबर होता है ट्यूबर का उपयोग आप विभिन्न प्रकार के आम बात संधि बात बुखार इन सब को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं और इसी ट्यूबर के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है मित्रों कितने सुंदर आप फ्लावर्स देख रहे हैं और अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है अगर आप गार्डनर लवर हैं तो आप इसको अपने गार्डन में लगाइए और अगर इसको आप बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं सुंदर इसके फ्लावर्स हैं लीव्स हैं आप इसकी लगाएंगे तो आपकी घर की सुंदरता तो बढ़ेगी ही और साथ ही आपका स्वास्थ्य का संवर्धन भी इस प्रकार से आप इसको दैनिक जीवन में उपयोग में मित्रों भले ही आपके क्षेत्र में इसपे फ्रूट्स ना आए लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ तो प्रोफ्यूज हो ही जाती है समस्त भारत में इसको आसानी से लगाया जा सकता है भले ही आपके क्षेत्र में इसमें फ्रूटिंग ना आए वैसे मूलतः इसकी जो फ्रूटिंग होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और वेस्टर्न घाट के स्टेट्स में हो जाती है कहीं कहीं वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है फ्रूट्स नहीं आते हैं उसके लिए आप हॉर्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह दे सकते हैं वो एक अलग विधि होती है तो लेकिन चर्चा का विषय यहाँ पे औषधीय गुणों को उपयोग करने के लिए आप बड़ी इलायची को कैसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं ये विषय है मित्रों और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से संवाद भी कर सकते हैं या टेलीफोन के लिए हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं नित्य प्रति सुबह साढ़े छः बजे एक नई वीडियो आ जाती है ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जानकारी को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कल मिलेंगे एक नए प्लान के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार